गाइज़ वेलकम बैक तो कैसे हो आप लोग आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो उसे वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए गाइज सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपको ठुकरा देता है तो आपको भी उसे ठुकरा देना चाहिए उसके पीछे नहीं जाना चाहिए और अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए लेकिन बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि इसमें गलती आपकी रही है कहीं ना कहीं कमियाँ आपकी भी रही हैं और आप चाहते हो कि एक मौका आपको मिले ताकि आप इन चीज़ों को सुधार पाओ लेकिन सामने वाला ये मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो मौका ख़ुद कैसे हासिल करोगे इसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा हालांकि इससे पहले भी इस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं लेकिन आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि फिर से ये वीडियो अपलोड करना पड़ा फिर से का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट रिपीट होगा इसमें एक्सटेंड करके और कुछ नया ही आपको बताऊँगा जो कि आपकी मदद ज़रूर करेंगी तो पहला पॉइंट हमारा ये है हेल्थ वेल्थ और नेचर ये तीन आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये तीन पॉइंट्स में आपको क्यों बता रहा हूँ ये समझना है ठीक है तो ये तीन वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से किसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं ठीक है पहला है हेल्थ दूसरा है वेल्थ और तीसरा है नेचर इसका हिंदी में मतलब क्या है मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ हेल्थ इसमें हम बहुत चीज़ें शामिल करेंगे जैसे किसी की अच्छी बॉडी देखकर किसी का अच्छा लुक देखकर है ना कोई दिखने में खूबसूरत होता है किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का होता है और जो है किसी का रंग रूप ये सब बहुत मैटर करता है जिसकी वजह से इंसान किसी की तरफ आकर्षित होता है ये इंसानी स्वभाव है इसमें कोई बुरी बात नहीं है ठीक है दूसरा है वेल्थ वेल्थ में क्या आता है पैसा आता है और आपका करियर आता है आपके पास कितनी चीज़ें हैं लग्जरियस लाइफ आपकी कैसी है वेल्थ में ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन होता है ना किसी के लिए वेल्थ जो है कोई कुछ और हो भी हो सकता है तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं इनके दो चीज़ों के बीच की कड़ी की बात करें तो इसमें ओवरऑल सक्सेसफुल भी आता है है ना एक सक्सेसफुल पर्सन जिसके जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं टैलेंट क्वालिटी ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं तीसरा है नेचर नेचर, नेचर, नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव किसी का नेचर कैसा है किसी की शालीनता कैसी है है ना कोई समाज से है लोगों के प्रति बहुत अच्छा बर्ताव करता है सेवा भाव है और इंसानियत के प्रति बहुत ही सद्भाव रखता है ऐसी चीज़ों के प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं तो ये तीन चीज़ें हमारे किस काम की हैं देखो ये तीन चीज़ें ही तो वो है जिसकी वजह से आपको ठुकराया गया है ये बात आपको समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करना पड़ेगा डिनाई कर दोगे तो फिर बोल जाओ आप वापस मानो देखो ये तीन वो पॉइंट्स हैं जो आपने लूज कर दिए हैं ठीक है आपने इसको जो है कहीं ना कहीं खो दिया या कम कर दिया है जिसकी वजह से आपको ठुकरा दिया गया या फिर आप में आ, हो सकता है कि ये वैसा ही हो लेकिन सामने वाले में कुछ ज़्यादा मिल गया ठीक है ये तीन पॉइंट्स जिसकी वजह से कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है तो ये वही तीन पॉइंट्स हैं जो कम होने की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम ठीक है तो ये तीन पॉइंट्स अगर आप बढ़ा लेते हो तो सामने वाला आपकी तरफ ज़रूर आएगा क्योंकि अगर ये रीजन रहा है तो ये काम जरूर करेगा आपके लिए ठीक है तो हेल्थ वेल्थ और नेचर इन तीन चीज़ों पर फोकस करना अब आपको बताते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में तुम्हारा दूसरा पॉइंट है थैंक्स टू योर गॉड फॉर 21 वन डेज आपको जो है अपने गॉड को थैंक्स बोलना है 21 वन डेज तक अच्छा गॉड जो है अपने गॉड का क्या मतलब है देखो गॉड बेसिकली एक ही है हम सब जानते हैं अगर आस्तिक हो तो नास्तिक हो तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है देखो यहाँ पे आपके जो एस्ट हैं मतलब गॉड वर्ड जब कहा जाता है तो आपके जेहन में जो एक पिक्चर बनती है जो आस्था क्रिएट होती है उसके इर्द गिर्द ये डेडिकेट होगा इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है टू योर गॉड ओके तो आपको क्या करना है थैंक्स बोलना नहीं है आपको इसे लिखना पड़ेगा एक पेपर लेना या नोटबुक लेना और उसमें जो है आ, लिखने से पहले थोड़ा सा सोचना कि आप क्या चाहते हो उस इंसान को थोड़ा सा विजुलाइज करना एक दो मिनट के लिए हाँ ज़्यादा मत करने लगना ठीक है उसको हावी मत होने देना थोड़ा सा वेजुलाइज करना कि आप क्या चाहते हो कैसा चाहते हो आपके साथ क्या हुआ फिर उसके बाद एंड में गॉड को वेजुलाइज करना थैंक्स बोलना और शुक्रिया अदा करना कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और वाकई में वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था ये सारी चीज़ें सोच कर आपको जो है थैंक्स लिखना है ठीक है तो ये डेली आपको करना है लगभग 21 डेज़ तक आपको रिज़ल्ट जरूर देखेगा और हाँ अगर 21 वन डेज़ तक रिजल्ट ना दिखे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इतने दिन में दिख जाएगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और सबकी साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से भी काम करती है हो सकता है कि आप इसे परफेक्शन के साथ करने में 20 दिन भी लगा दें है ना तो आपको 21 दिन कहाँ से रिजल्ट दिख जाएगा तो इसलिए आप इसको कंटिन्यूसली करते रहना रुकना नहीं बंद मत करना रिजल्ट इसका एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा अब आपको बताते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में अगला पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो तीसरा पॉइंट है कीप साइलेंस लुकेट मेरा ठीक है आपको क्या करना है सिंपल सा जो है खुद को शांत करना है और आईने की तरफ आपको देखना है अक्सर आपने सुना होगा कि आपसे कहा जाता है कि आईने में खुद को देखो और खुद से बातें करो इसका इस्तेमाल एक्टिंग में भी करवाया जाता है जब एक्टिंग सिखाई जाती है तो वहां पर इसका यूज़ किया जाता है यहां पर हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट मैथड का यूज़ करेंगे वो भी अपने जगह पर वो सब सही है लेकिन यहाँ आपको क्या चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ ठीक है तो मैंने एक इमेज पिक की है बहुत ही अच्छी है जिससे आप समझ पाएंगे ठीक है ये इमेज समझने के लिए सफिशेंट है आपको जो है साइलेंस बरतना है और मिरर की तरफ देखना है ठीक है बस खुद को देखते रहना है ओके अब यहाँ पे जो है जब आप ऐसा करोगे तो कोशिश करना कि आपकी जो पलकें हैं ठीक है ठीके? वो ब्लिक ना करें है ना मतलब कि आप कंटिन्यूसली जो है वैसे ही देखते रहना और आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए झपकनी नहीं चाहिए अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हो जितनी देर आपसे हो सके दो सेकंड, दस सेकंड, एक मिनट जितनी देर भी आप कर पाओ इसको करना और उसके बाद जो है आंखों को बंद करना और जो आईने में आपको चेहरा दिख रहा था उसको अपने जहन में अपने जो है मस्तिष्क में जो है उसकी छवि बनाने की कोशिश करना वो छवि जब क्लियर बनने लगेगी तब आप समझना कि आप में वो कैपेबिलिटी आ गई है कि आप जो भी चाहते हो वो आपका सब कॉन्सियस माइंड जो है आपके बिना पता लगे वो चीज़ डन कर देगा ठीक है कंप्लीट करने की सिचुएशन में आप उसे डाल दोगे ये कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है और अब मैंने आपको पिक्स दिखा दी है कुछ ऐसा ही रहेगा ठीक है यहाँ पर स्माइल वगैरह कुछ नहीं करना है और जो है कुछ बात भी नहीं करनी है सिर्फ साइलेंस ऐसा कितनी देर तक कर सकते हैं तो हाँ आप जो है पाँच मिनट तक एवरेज मान के चल सकते हो ऐसा करोगे और इसको कितनी दि, कितने दिन तक करें तो साइकोलॉजिकल टर्म 21 डेज़ तक कहता है तो इसको भी उतना ही कर लेना ठीक है तो ये चीज़ें हैं आप इन्हें ज़रूर फॉलो करना आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आप जो है अच्छे मैसेजेस कंटेंट वगैरह चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए अच्छा मटेरियल बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी आप एप्लीकेशन ऑफिशियल लविंटे सिटी के जो है उसको डाउनलोड कर लेना इंस्टॉल कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है मिल जाएगा आपको और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं इस वीडियो के रिकॉर्डिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम है कंसल्ट करना चाहते हैं आप मुझसे तो आप मुझे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना उस पे ये पूरा सर्च कर देना लव इंटर सिटी एट द जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गुड बाय एंड टेक केयर